सोवियत यूनियन ये वो नाम है जिस नाम से आज भी कुछ लोग रूसिया को बुलाते हैं पर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा यूनियन आज 12 अलग कंट्री बने बैठे हैं तो कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के ठीक बाद से जब यू एस ने अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा मॉडर्नाइज किया लेकिन ये इकोनॉमी बहुत बड़ा लॉस सामने आया और ऊपर से अमेरिका यू पर और भी प्रेशर डाल रहा था जिसके कारण ये यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया अलग अलग बारह कंट्रीज़ में